नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर मैं हूं अंकित अवस्थी आप है मेरे साथ में दुनिया के बदलते हुए घटनाक्रम के बारे में चर्चा करने के लिए क्योंकि हाल ही में एक सुर्खी आई है लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी दे दूं क्योंकि आज का सेशन आपको जॉब की गारंटी देने वाला सेशन है इसके लिए तसली से सुनिएगा समय का इंतजार करिएगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में एक ऐसी खबर सुर्खियों में है जिसके अंदर कहा गया है कि चाइना के शी जिनपिंग ने पुतिन को चेतावनी दे दी है ये ये बात बिल्कुल आपके डाइजेस्ट नहीं होनी चाहिए कि शी जिनपिंग कह रहे हैं पुतिन से कि आप न्यूक्लियर बम उपयोग मत कर लेना हैं ये वही पुतिन है क्या ये वही शी जिनपिंग है क्या कौन सा अरे जिसके नाम पर पुतिन ने ये वही शी जिनपिंग है क्या जिसके नाम पर पुतिन ने यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन डिले कर दिया था यकीन नहीं होता याद है आपको विंटर हुए थे? से तक? आप आओ और हमारे विंटर ओलंपिक में शामिल हो जाओ शी जिनपिंग ने विंटर ओलंपिक शुरू किए व्लामीदिर पुतिन और इमरान खान दोनों यहां पर गए बीस फरवरी को यह खत्म होता है चौबीस फरवरी को युद्ध शुरू हो जाता है भाई शिया का व्लादिमीर पुतिन अनाउंस मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन तारीख है 24 फरवरी है दोबारा सुनिएगा शी जिनपिंग जिन्होंने जब ओलंपिक किया देखिए शी जिनपिंग की भूमिका देखिएगा चीन की भूमिका देखिएगा इस वर्ल्ड में, और आज आपको इतना जबरदस्त पासा फेंकता हुआ शी जिनपिंग दिखाई देगा या फिर चीन दिखाई देगा जो आपको एकदम जकजोर देगा सारी दुनिया को समझने के नाम पर कि ये हो क्या गया जज्बात बदल गए व्यवहार बदल गए हो क्या गया आज के सेशन में देखिए रशिया के व्लादिमिर पुतिन ने मिलिट्री ऑपरेशन इस ओलंपिक के खत्म होने के बाद शुरू किया था पूरी तरह दुनिया को समझ में आ गया था ओलम्पिक में पैसा लगा है यह बात न्यूयॉर्क टाइम्स ने दो मार्च को दुनिया के सामने पब्लिकली ला रख दी थी कि युद्ध युद्ध की तारीख बीस तारीख के बाद ही क्यों आई इसके पीछे की कहानी बहुत पहले तय हो चुकी थी पटकथा तय हो चुकी थी दो आप 2 मार्च की खबर देख सकते हैं और तो और जब हमले हुए US ने रशिया के भांद भांद के ऊपर बांध-बांधकर डाले, थी नॉट ज्वाइन अगेंस्ट एनी सेंशन भाई साहब रशिया की सबसे बड़ी ताकतों में शुमार था मैं तो कह रहा हूं पुतिन इस को सुनने के बाद शायद डिस्टर्ब होंगे मुझसे 8 मार्च को कहा था कि इन्होंने जो रशिया के ऊपर लगाए गए हैं उनका मिलिट्री एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस फ्रॉम चाइना अमेरिका ने ऐसी रिपोर्ट बाहर निकाली थी कि शी जिनपिंग पूरी तरह से इनके साथ है जरूरत पड़ गई तो आर्थिक मदद भी देंगे और मिलिट्री की मदद भी देंगे और दुनिया ने होती हुई देखी है चाइना को धमकी दी अमेरिका ने कि तुम्हें परिणाम भुगतने होंगे यदि तुमने रशिया के खिलाफ कुछ भी किया रशिया का साथ दिया चाइना नहीं माना अमेरिका की तो एक नहीं माना अभी ऐसा क्या हुआ है उसका इंतजार करते चलिए मैं बारे में बता रहा हूं आपको मतलब कैसा होता है ना कि ये मेरा वो दोस्त है जो मेरा इतना सगा हुआ करता था यह पलट कैसे गया यह वो वाली चीज है यह वो दोस्त है वो वाला भाव आ रहा होगा पुतिन के दिमाग में भाई साहब शी अशोर पुतिन ऑफ चाइना सपोर्ट फॉर रशियन सॉवरिटी सिक्योरिटी इतना तक हुआ कि जून 15 को तो शी जिनपिंग ने पुतिन से कहा चिंता मत करिए आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगा शी जिनपिंग बोले थे पुतिन को अब धमका रहे हो कंपनीज इन चाइना आर एडिंग रशियाज मिलिट्री ऐसा यूएस ने आरोप लगाया चाइना की कंपनी रशिया को मदद दे रही है ने यूएस भाई इतना में डील किया, को दिया, का असर खत्म हो गया है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑन कोर इंटरेस्ट आप समझ रहे हैं यानी वो प्रमाण है क्या प्रमाण दे रहा हूं जैसे कई बार होता है तो दे ट देखो अरे वो मुझसे इतना चाहता था वो मुझे इतना चाहती थी प्रमाण है और वो जग जग में प्रमाण दिए घूमता है आज पुतिन को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या है उसकी शादी का कार्ड छप गया उसका या उसकी का का शादी कार्ड छप गया मैं कह रहा कि चीन जो है वो नंबर वन फ्यूल इंपोर्टर हो गया इनके बीच का व्यापार इतना बढ़ा कि दोनों ने कहा कि हम आने वाले समय तक अठारह दशमलव सात पांच लाख करोड़ रुपए का व्यापार कर जाएंगे प्यार की हदे देखिए आप इतना ही नहीं खुद आंकड़े कहते हैं आंकड़े गवाह हैं कि चाइना रशिया का ट्रेड उनतीस परसेंट इंक्रीज हुआ है <laughs> क्या मतलब है भाई इसका रशिया ने मेजर मिलिट्री ड्रिल्स चालू कर दी चाइना के साथ में कि दुनिया को धमकाओ कि हम सब साथ हैं यानी इनको लगना चाहिए चाइना के ऊपर ताइवान को लेकर दबाव पड़ रहा है हमारे ऊपर यूक्रेन को लेकर दबाव पड़ रहा है चलो दोनों मिलकर मिलिट्री ड्रिल करते हैं उनतीस अगस्त की खबर है अरे ये पुतिन की तरफ से बोल रहा हूं मैं ये पुतिन की तरफ से पॉइंट है आप सब मानो और इतना ही नहीं चाइना ने 2000 हजार चाइनीज रशिया भेजी इंडिया ने नहीं भेजी भाई साहब की देखो ये इस प्रकार से युद्ध का अभ्यास करेंगे हम पता चलना चाहिए चाइना ने रशिया से कोल इतना इंपोर्ट किया कि पांच साल का सबसे ज्यादा हो गया अब क्या है ये है ये कार्ड छप गए उसकी शादी के चाइना शी वॉर्न पुतिन नॉट टू यूज न्यूक्लियर आर्म शी वर्न ये अखबारों की खबर देखिए शी वॉर्न पुतिन न्यूक्लियर वेपन इन यूक्रेन जिसको पुतिन का आखिरी हथियार माना जा रहा था हॉटस्टार पर भले ही ब्रह्मास्त्र आ गई हो लेकिन रूस का जो ब्रह्मास्त्र था उसको चलाने के नाम पर धमका दिया गया ना साहब इसको यूज नहीं करोगे आप ये तो ऐसा हो गया भाई साहब इन दिनों हमारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है हम अब तक यही माहौल बना रहे थे यूएन ने कह दिया कि इन्होंने कोई डेटी बम नहीं बना रखा है तुम झूठ आरोप लगाते हो यानी कि तुम तो पूरा माहौल न्यूक्लियर बम फोड़ने के बारे में बना रहे हो अचानक चाइना कहता है तूने बम फोड़ा तो मैं तेरे साथ नहीं हूं भाई अब तक तो तू सब तरह से साथ था यार ये क्या हो गया इसको जानने के लिए इंतजार करना पड़ेगा इंतजार क्यों करना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको आपके काम की एक बहुत जबरदस्त बात बताने वाला हूं पता है क्या है एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहा हूं रीलेवल बाय बाई अन अकेडमी के माध्यम से जिसके माध्यम से यदि आप एक टेस्ट दें और वो भी फ्री जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है जिसके माध्यम से आपको टेस्ट देने के ऊपर हजार में से 500 से अधिक नंबर लाते ही 15 दिन के अंदर जॉब मिलता है और इन केस आप 500 से ऊपर नंबर नहीं ला पाते तो आपको एक कोर्स ऑफर किया जाता है उस कोर्स को पढ़ने के बाद अगर आपने कोर्स कर लिया और विद इन कोर्स के टाइम ड्यूरेशन 90 डेज के भीतर अगर आपको जॉब नहीं मिलता है तो कोर्स की फीस आपको वापस की जाती है यानी एक प्रकार से आपका जो फीस है वो रिफंड होता है इससे ज्यादा रीलेवल का प्लेसमेंट प्रोटेक्शन प्लान क्या हो सकता है इंटरेस्टिंग फीचर में आप यह जानकर चलिए कि आपने कोर्स किया आपको 14 दिन तक पसंद नहीं आया पैसा वापस ले लो आपने कोर्स किया आपका जॉब नहीं लगा एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन के भीतर तो पैसा वापस ले लो यानी इसका मतलब ये है कि इस कंपनी को अपने प्रोडक्ट पर इतना यकीन है और तभी तो यार पेटीएम हो जूमकार हो या बहुत सारे स्टार्टअप हो वहां पर हजारों की संख्या में लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नौकरी पा चुके हैं साथियों ये प्लेसमेंट प्रोटेक्शन प्लान के साथ अपने कोर्सेज देते हैं कोर्सेज किस काम के हैं यदि आपके 500 से ऊपर नंबर नहीं आ रहे हैं सर मेरे आ गए तो अरे प्रीमे पाओ ना चम्बालीस लाख रुपए तक के लोग प्लेसमेंट ऑफर पा रहे हैं भाई बहुत सारे स्टार्टअप्स और सबसे बड़ी बात ये पूरी प्रक्रिया फ्री है और आपको लगता है कि आपके काम की है कि नहीं है बस एक क्लिक करके अपने आपको रजिस्टर कर लीजिए वहां से काउंसलिंग करके देख लीजिए क्योंकि अल्टीमेटली रोजगार की बात है भाई यदि आपको यहां से रोजगार अशोर किया जा रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप वहां जाएं, अपनी जॉब के लिए इतना तो आप प्रयास कर ही सकते हैं बाकी एक बार मैं आपको एंड में फिर से याद दिलाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रक्रिया के माध्यम से अपना जॉब कर चुके हैं मैंने आपसे सवाल किया क्योंकि क्यूरोसिटी आपके दिमाग पर चढ़ चुकी है कि भाई वॉल स्ट्रीट जर्नल छापता है कल के दिन की खबर है कि चाइना रिबक रशिया न्यूक्लियर थ्रेट इन यूक्रेन फॉर फर्स्ट टाइम यह बिल्कुल ऐसा है ये इस का महत्व इतना अच्छे से समझिए यदि इंडियन गवर्नमेंट कभी पुतिन के खिलाफ कुछ बोल दे कि भाई हम तुम्हारे इस काम में साथ नहीं है आपको अचानक अटपटा लगेगा जबकि इंडिया ने रशिया से केवल तेल ही खरीदा है मिलिट्री के आधार पर या अमेरिका के खिलाफ हमने कोई भी ऐसा बयानबाजी नहीं की है चाइना तो खुल्लम खुल्ला अमेरिका को धमकी तक दिया है भाई यह तक बोला है कि पेलोसी को हवा में उड़ा दूंगा अगर तुम ताइवान में लैंड किए और ऐसा आदमी अचानक यह बोल रहा है पुतिन को कि सुन भाई अब यहां से आगे नहीं इसका मतलब बहुत कुछ है भाई इसका मतलब बहुत कुछ है यानी कि इस लव ट्रायंगल में कोई दूसरा घुस गया है अब वो कौन घुस गया जिसने एक नई बाजी मार ली इस पूरी दुनिया में जहां एक तरफ अमेरिका खड़ा था जहां एक तरफ रशिया खड़ा था एक तरफ चाइना खड़ा था ऐसा कौन आ गया जिसने रूस और चाइना के बन रहे इस रिश्ते के अंदर दरार डाल दी आइए शुरू करते हैं उस व्यक्ति के बारे में चर्चा चर्चा कोई और नहीं इन दिनों एक हुई बहुत बड़ी घटना है पता है क्या हुआ है साथियों इन दिनों हुआ क्या है जरा मैं आपको उसके बारे में बताऊं जर्मनी के स्कॉल्ज जो है ना यानी कि जर्मनी के जो चांसलर हैं वो इन दिनों शी जिनपिंग से मिलने गए थे एक मिनट एक मिनट आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा क्या बात कर रहे हो जर्मनी जर्मनी बोले तो यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन बोले तो वेस्टर्न वर्ल्ड वेस्टर्न वर्ल्ड बोले तो अमेरिका तो अमेरिका जर्मनी यूरोपियन यूनियन ये तो एक ही हुए ना सर मैं रुको जरा जर्मनी इन दिनों अमेरिका की बगावत पर उतरा हुआ है याद हो कि जर्मनी और फ्रांस के अंदर अमेरिका विरोधी प्रोटेस्ट चल रहे हैं मैंने एक चीज आपको हमेशा कही है जब भी अंतरराष्ट्रीय खबरें डिस्कस की है कि इस दुनिया में कोई रिश्ता परमानेंट नहीं है जेब में रोकड़ा रखिए रिश्ता पैसे का है ऐसा क्या हुआ सर अरे मैंने आपको एक न्यूज पढ़ाई थी पता नहीं आपको याद है कि नहीं थोड़ा मेमोरी आप लोगों की वीक हो सकती है मैं दिखाता हूं थोड़ा आगे चल के हालांकि मेरी स्लाइड्स में मैंने आगे डाल रखा है उसको पहले दिखाऊंगा पहले दिखाऊंगा यह देखो जर्मनी हेडेड फॉर रिसेशन इन टू ऐसा इनके अर्थशास्त्री कहते हैं अर्थ कहते हैं वित्त कहते हैं भाई दो में जर्मनी में आर्थिक मंदी आने वाली है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि भाई साहब जर्मनी जो है वो यूएस के विरोध में उतरा है मैंने इसका सेशन किया बकायदा आपके साथ में चीन से निवेश लेने की तैयारी कर रहा था ये। ऐसी स्थिति में इस जो है वो चल करके देखिए ये उतरे बकायदा अपने साथ में बड़े बड़े लोगों को लेकर के जो आपकी फॉक्स गाड़ी आती है उसके मालिक को लेकर के जश बैंक जो है उसके मालिक को लेकर के सीमर को लेकर यह पहुंचे यहां पर कि साहब सुनो हमको अमेरिका से प्रीत नहीं है क्योंकि हम अमेरिका को देख चुके आप कुछ नई चीज बताओ क्योंकि हम डूब रहे <laughs> चाइना मुस्कुराया अच्छा तुम्हें डर लग रहा बोले हां बहुत डर लग रहा है बताओ क्या चाहते हो बोले हम ये चाहते हैं देखो आपको ये पता हूं कि भाई वेस्टर्न वर्ल्ड जिसको आप एको, एको, उसमें यूरोपियन यूनियन के नाम से जान रहे हैं ना वो यूरोपियन यूनियन इन दिनों बगावत कर रही है किससे बगावत कर रही है अमेरिका से बोले क्यों बगावत कर रही है बोले साहब बगावत इसलिए कर रही है क्योंकि अमरीका वालों ने पहले रशिया से हमारी नॉर्थ स्ट्रीम गैस गैस पाइपलाइन है उसके थ्रू गैस बंद करवाई और फिर बेटा हमको ही गैस बेचे तो दुगने दाम पर बेचे यानी ये तो पूरे व्यापारी निकले साहब तो बोले मुझसे क्या चाहते हो बोले सर जरा नंबर देखो बोले क्या आप हमारे नंबर वन ट्रेडिंग पार्टनर हो आप जितना इंडिया से व्यापार करते हो उससे डबल व्यापार जर्मनी से करते हो आप जरा यह फिगर देखो चाइना ने कब बात तो सही है बोले अगर हम आपको यह ऑफर दें कि हम यूएस की मित्रता छोड़ देंगे आप हमारी एक बात रख लो बस क्या चाहते हो चाइना मुस्कुराया हो मेरा भी तो ड्रीम है क्या अमेरिका को पीछे छोड़ना है अमेरिका तुम लोगों के साथ में चल रहा है और तुम तो पहले ही बिकाऊ हो तुम तो दुनिया को बेच खाए हो रुको जरा बताओ क्या चाहते हो सर हम यह चाहते हैं आप बस हमारा हाथ थाम लो क्योंकि आप नंबर दो पर बैठे हो हम आपका भविष्य देखते हैं आप हंड्रेड ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने वाले हो पॉइंट टू बी नोटेड एकदम दिमाग चमका शी जिनपिंग की गोटी सेट कल की खबर आई भाई साहब जैसे ये बात सेट हुई ईयू जो कि जर्मनी को धमका रहा था जर्मनी को आने से पहले धमका रहा था मैं आपको जानकारी दूं इसके अंदर ये जो है ना, इनको आने से पहले बहुत धमकाया गया था कि तुम चाइना क्यों जा रहे हो तुम्हें पता नहीं है चाइना किस तरह से का साथ दे रहा है इनने कहा सुनो तुम्हारे साथ रह करके भी हमें नुकसान ही हो रहा है अच्छा भाई दफे बताए आपको हमें लग रहा है ना स्कॉल्स इंडिया की नीति से प्रेरित हो गया है कैसे इंडिया इस पूरे युद्ध के अंदर सबके साथ रह लिया और सबका विकास कर दिया पुतिन को भी खुश कर दिया अमेरिका को भी खुश कर दिया चीन को भी खुश कर दिया सबका साथ सबका विकास कर दिया इसका मतलब, इसका मतलब मतलब है कि इस चीन की पूरी गणित के अंदर जो कारनामे हुए हैं ये जो अमेरिका जो जिस प्रकार से भारत ने डेवलपमेंट किया है जर्मनी को कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमको देख करके समझ में आ गई है कि यार ये तो करना चाहिए क्या करना चाहिए बोले यार बदला लेना चाहिए अब छोड़ो ये पार्टीबाजी। चलो चलते हैं चाइना इनको खूब धमकाया गया यूरोपियन यूनियन ने चेतावनी दी जर्मनी को कि तुम्हें ना चाइना का इन्वेस्टमेंट मतलब अब आपके दिमाग में अचानक आएगा चाइना का, का इन्वेस्टमेंट ये कहां से आ गया हाज है। है के थ्रू माल इधर से उधर होता है उसका नाम है कॉस्को शिपिंग वो कॉस्को शिपिंग जो है ना दुनिया के तीसरे यूरोप के तीसरे व्यस्तम एयर जो पोर्ट है पोर्ट बोले तो जहां बंदरगाह जो है उसके ऊपर निवेश करना चाहती है यूरोपियन यूनियन के सदस्य जर्मनी को कह रहे थे कि आपका जो हमबर्ग नामक पोर्ट है तेईस में हम घुटनों के बल बैठ जाएंगे बर्बाद हो जाएंगे तब कौन सांत्वना देने आएगा हम अपने इस हमबर्ग पोर्ट पर चाइना को लाएंगे देखा इस दुनिया में कहने को कथन थोड़ा सा आपको प्रभावित करे सो सकता है थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे लेकिन एक कथन है इस दुनिया में बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया हां इनकी करेंसी कुछ और हो सकती है मतलब समझ रहे हैं आप पैसा जी से ही बीच में आया जर्मनी छोड़ भागा कि भाई सुनो तेईस में रिसेशन है मेरा अर्थ अर्थ मंत्री बोल रहा है वित्त मंत्री बोल रहा है और तुम लोग कह रहे हो कि मैं इन्वेस्टमेंट ना लू ओलाज निकले पोर्ट ऑफ हमबर्ग के नाम पर जाकर के शी जिनपिंग से मिले और इनसे कहा कि सर सुनो आप एक अलग डायनेमिक्स पर क्यों नहीं विचार करते हो शी जिनपिंग ने कहा बताओ यार हमने तो सोचा ही नहीं बोले अगर हम फूट डालने अपने आप में तो हम तो पहले ही बता रहे हैं कि जर्मनी फ्रांस सब अमेरिका विरोधी इन दिनों होने लग रहे हैं धीरे धीरे हम रशिया के समर्थन से में भी जाने लग रहे हैं आपको एक मध्यम मार्ग बता दे तो बोले मध्यम मार्ग क्या गौतम बुद्धा की बात कर रहे हो क्या बोले हाँ बोले बताओ मध्यम मार्ग यह है आप तो बस मध्यस्थ बन के पुतिन को बोल दो तो बम नहीं फोड़ेगा इससे हमारी बात बड़ी हो जाएगी बोले कैसे बोले देखो आपके कहने पर उसने बम नहीं फोड़ा उसको भी पंद्रह परसेंट हिस्सा यूक्रेन का मिल गया हम बीच में मध्यस्थता करवा देंगे है ना आपका रशिया के साथ संबंध नहीं बिगड़ेगा और आपको एंट्री मिल जाएगी यूरोप में जो यूरोप अब तक अमेरिका की बपौती बना हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की मदद से अमेरिका ने जिस तरह से यूरोपियन यूनियन पर कब्जा करने का प्रयास किया था सर उसको हम पटख नहीं दे देंगे भाई शाह जिनपिंग को दिमाग में आ गया यार यह बात तो बहुत सही कह रहे हो और अगर ऐसी बात है तो सुनो मैं तुम्हारे हाथ ही अमेरिका को धमका लेता हूं बोले धमकाओ सर भाई साहब ये ग्लोबल टाइम्स की न्यूज है तीन नवंबर की न्यूज है, है।, है चाइना ने कि चाइना जर्मनी के जो बिजनेस ऑपरेशन है ना इससे तुम दूर रहो ई साहब इसका मतलब चाइना अमरीका की गोदी में नहीं गया बोले ना पुतिन की गोदी में भी नहीं गया बोले ना अपना स्टैंड बना लिया और उनको अपना बना लिया बोले इस बहाने तो यूरोप में एंट्री हो रही अच्छा यूरोप के भगोड़े इंडिया की तलाश में गए थे और अमरीकी मादीप पर पहुंच गए थे और वहां जाकर के जो रेड इंडियन शब्द कहा गया था ना इंडिया की तलाश में ही यूरोपियन जो गए थे वही तो बसे थे अमरीका में जाके अमरीका के कोई नेटिव अमेरिकन थोड़ी है तो फिर ये सब यूरोपियंस है असल में यूरोपियंस को पहले तक कोई भी किसी को भी मतलब ये मानते थे यूरोपियंस की बाकी सब दुनिया बकवास है असल में यूरोपियंस जाके अमेरिका बस गए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कभी इतिहास में लेके चलेंगे आपको असल में था ये कि अमेरिका कुछ था नहीं भगोड़े यूरोपियंस थे जो वहां रहते थे अपना थोड़ा थोड़ा जमीन टुकड़ा करके लोहा और सोना निकाल कर अमीर होने लगे थे यूरोपियंस के जितने देश थे जर्मनी पुर्तगाल ब्रिटेन ये बहुत पैसे वाले फ्रांस बहुत पैसे वाले होते थे लेकिन आपस में पैसा क्या करता है कुबत की जड़ बनता है आपस में लड़ाता है लड़ लिए दोनों लोग जर्मनी फ्रांस आपस में भिड़ लिए सब एक गुटबंदी हुई वर्ल्ड वॉर वन हुआ वर्ल्ड वॉर टू हुआ लड़ लड़के इतने टूट गए कि अमरीका कहा सुनो हम भी अपने हैं आप के बोले, तो बोले यूरोपियन तो ही मूल तो उनकी यूरोपियन थी वो इनके साथ व्यापार कर लिया स्थिति में इनको अपना एक तरह से सोकॉड गुलाम बना लिए आज तक ये गुलामी तो जी रहे जर्मन बहुत बुरी तरह पिटा था अंदर की बात बता रहे लेकिन मुद्दा क्या है आज जर्मनी को लिए घूम रहे हैं। बिचारे को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट भी नहीं है उधर कहते हैं तुम जी सेवन में हो सही हैं जर्मनी तो भाई वो है यार जो हिटलर बिचारा खुद मर गया आप सोच के देखो तो इनकी हालत खराब है तो जर्मनी इनका यार ये गणित समझनी पड़ेगी ऐसी स्थिति में चाइना को जाकर के ओलाफ स्कॉल्ज ने समझाया कि देखो वो पच्चीस तो ये तो के सेंशन को जब चेतावनी में बताया गया कि देखो आप पर अगर सेंक्शन लग गए ना सर तो बहुत बुरी दिक्कतें हो जाएंगी चाइना ने कहा हा यार ये तो किसी ने बताया ही नहीं मतलब देखो सर आप ये समझो कि अमेरिका इस तरह से हमको अपने साथ में लेकर आप पर सेंशन लगवाएगा और उस स्थिति में आपको बड़ा लॉस होगा आप कहा नहीं मध्यस्थ बन जाते हैं बोले बात तो सही है भाई साहब इसको डराया गया चाइना को कैसे इससे कहा गया देखो आपकी अलीबाबा इतनी बड़ी कंपनी है आपकी दीदी नाम से जो गाड़ी चलती है जैसे अपने ओला उब, उबर चलती है आपके इतने सारे इन्वेस्टमेंट में आपके यहां पर एप्पल दुनिया का उन्नीस दुनिया का एप्पल आपके यहां बन रहा है, है? प्रोडक्ट बन रहा है आपको कितना नुकसान होगा फाइनेंशियली सोचो इसको समझाया गया यह समझ गए कि हाँ यार बात सही है हम लोग तो वाकई में दुनिया के लिए बड़ा रोल प्ले करते हैं बोले आप क्यों इनके चक्कर में निमट रहे हो आप बिजनेस पर ध्यान दो और हम आपके साथ हैं <laughs> मैंने कल सेशन भी किया था कि चीन में भूख के हालात के कारण क्योंकि वहां पे कोरोना कोरोना चल रहा है जर्मनी ने कहा आप चिंता मत करो हम सबका साम साफ कर देंगे आपके ऊपर जो भी वो चल रहे हैं ना कि आप उइगर मुस्लिमों के साथ क्या करते हो अरे इमेज ही तो सुधार नहीं है वेस्टर्न वर्ल्ड में सुधार देंगे लोड मतलब आप साहब ये बात उसको समझ में आई जब सपना दिखाया गया कि आप हंड्रेड ट्रिलियन जाओगे ये बात जैसे ही समझ चाइना ने कहा यस यू आर राइट अब अपन धमकाते हैं चलिए किसको धमकाना है आप सर हंड्रेड ट्रिलियन पर जाओ आपको देखते हैं हम उन्नीस से निकलकर हंड्रेड ट्रिलियन तक जाने के लिए बस आप एक काम कर दो बोले क्या करना है बोले आप है ना पुतिन को धमका दो बोले हाँ यार ये तो बात सही कह रहे हो उसने समझाया ओलाव स्कॉल्ज ने बैठ करके देखो सर आप समझो आपके पास से जापान की कंपनियां निकल गई कि नहीं निकल गई है? इतनी सारी कंपनियां जा चुकी हैं आपके पास हजारों की संख्या एक सौ 135 कंपनी तो आपसे जापान जापान की भाग गई कह रही कि हम नहीं काम कर रहे आप सोचो आपको निपटाने के लिए अमेरिका ने एक अलग रणनीति तय कर रखी है बोले क्या उन्होंने 280 बिलियन डॉलर का टारगेट बनाया है खुद के यहां पर कंपनियों को इन्वेस्टमेंट देने के लिए बोले खुद की कंपनियों को इन्वेस्टमेंट देंगे बड़ा बनाएंगे सर सोचो आप यूएस ने आपके सेमी मार्केट को निपटाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है भाई साहब ये तो बिल्कुल वो वाली बात हो गई जैसे जामवंत ने कभी हनुमान जी को मोटिवेट किया कि सर आप तो ये कर सकते हो वो बेचारा मोटिवेट हो गया बोल जाओ धमकाओ बोले लो धमका देते बोले आपको प्लान मिल जाएगा बोले ठीक है बहुत बढ़िया मैं आपको बताऊं बहुत जबरदस्त मोटिवेशन अभी मैंने लिंक दे रखा है कमेंट बॉक्स में इस पर क्लिक करो इस पर अपना नॉलेज तुरंत चेक करके तो देखो एक बार क्या पता हज़ार में से पाँच से ऊपर नंबर आ जाए और आपको रोज़गार मिल जाए कोई फीस नहीं लग रही कोई फीस नहीं है और काउंसिलिंग और फ्री में कि आप कौन सा फील्ड में जा सकते हो क्या कर सकते हो कमेंट बॉक्स में दे रखा है मैंने लिंक क्लिक करके देखो एक बार आनंद ही आ जाएगा धन्यवाद अफरा प्यार ऐसे ही बनाए रखिए अंकित इंस्पायर इंडिया आप सबके साथ यूँ ही ग्रो करना चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें आपका परिवार यूँ ग्रो करे और से भी सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारा मोटिवेशन है धन्यवाद और इस कंटेंट को अगर आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है अंकिता अवस्थी सर और जी के अंकित अवस्थी सर के नाम से आप यहाँ पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं वेरीफाइड अकाउंट है यहाँ पर मैं आपके साथ कॉन्टेंट शेयर कर दूंगा थैंक यू सो मच अपना ख्याल रखें